अगर सबसे इजी लैंग्वेज में जानकर भीड़ से सबसे अलग दिखना चाहते हो और जानना चाहते हो कि आखिर ये ब्लड प्रेशर बार बार सुनते रहते हैं ये होता क्या है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ एकदम इजी लैंग्वेज में ब्लड प्रेशर का मतलब जैसे हम किसी गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारे का प्रेशर बढ़ने लगता है और एक स्टेप आने पर गुब्बारे की बॉल्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ने लगता है बस इसी तरह की बॉडी की नशे भी होती है जिसमे हम हवा की जगह पानी भर रहे हैं और जब नशों के अंदर ब्लड के साथ ज़्यादा पानी भर जाता है तो नसों के प्रेशर बढ़ने लगता है बस इसी ही ब्लड प्रेशर कहते हैं, और ये हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है और जब ये प्रेशर जरूरत से ज्यादा कम हो जाता है तो इसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सपोर्ट जरूर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग